वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने फिटर ट्रेड की एक क्लास फिर से लेकर के आया हुआ हूँ जो कि टॉपिक है सीट मेटल पिछली वीडियो में मैंने सीट मेटल्स के दो पार्ट करा दिए हुए हैं जिस किसी ने नहीं देखा हुआ है वह आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकता है आज ये सीट मेटल का पार्ट थ्री है जो कि इसमें कम्प्लीट हो जाएगा सबसे पहले हम देखेंगे रिविटिंग टूल सीट मेटर का प्रयोग किए जाने वाले कुछ लिविटिंग टूल्स हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं सबसे पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो बाल पिन हैमर है ये जितने भी टूल्स हैं मान लिया रिविड सेट डॉली रिविड स्नैप, ड्रिप क्लॉथिंग टूल पुलिंग इन सब में मेन जो भूमिका है बाल पिन हैमर की है। क्योंकि इन सभी में बाल पिन हैमर का यूज किया जाता है इस कारण से भी एक मीटिंग टूल का ही पार्ट है अब सबसे पहले हम देखेंगे रिबिट सेट रिबिट सेट है क्या इसका उपयोग दोनों चादरों को एक दूसरे के निकट लाने में यूज किया जाता है मतलब कोई भी दो चादर होती हैं, उन चादर को एक दूसरे के नियम मतलब पास में लाने के लिए रिबिट सेट का यूज किया जाता है अब सेकेंड है हमारा डॉली डॉली का क्या यूज है इसके फेस पर रिबिट के हेड की सेप का गड्ढा पहले से बना होता है ये देखिए रिबिट के का पहले से गड्ढा बना हुआ है बना होता है इसका प्रयोग करने से रिबिट के हेड के सेप खराब नहीं होते हैं मान लीजिए इस गड्ढे के बने होने से ये जो रिबिट का हेड होता है ये खराब नहीं होता है इस कारण से डॉली का यूज करते हैं नेक्स्ट रिबिट स्नैप रिबिट स्नैप क्या है रिबिट स्नैप का उपयोग रिबिट्स के पश्चात उसको सही स्वरूप प्रदान करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग रिबिट के दोनों ओर समान आकार व आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है इसका मेनली काम क्या होता है इसकी समान आकृति प्रदान करने के लिए रिबिट स्नैप का यूज किया जाता है ये इस तरीके से फिगर बना हुआ है डीपी की जो समान आकृति होती है इसको बनाने के लिए डिबीट स्नैप यूज करते हैं ड्रिप्ट अब ड्रिप्ट का भी यूज देखेंगे क्या है दोनों चादरों के छिद्रों को संगत अलाइन करने के लिए छिद्रों के साइज का ड्रिप्ट उनके पास में करने के लिए यूज किया जाता है ड्रिप्ट का यूज क्या होता है छित्रों को मिलाने में मतलब अलाइनमेंट करने के लिए ड्रिप्ट का यूज किया जाता है दोनों चित्र को पास करने के लिए अब नेक्स्ट हमारा क्लॉकिंग टूल क्लॉकिंग टूल क्या है प्लेटों के किनारों तथा रिबिट के हेडों के किनारों को प्लेट की सतह से मिलाने के लिए क्लॉकिंग औजार का यूज किया जाता है अब नेक्स्ट हम देखेंगे पुलरिंग टूल पुलरिंग टूल्स क्या है दोनों प्लेटों के किनारों को आपस में मिलाकर प्रूफ बनाने के लिए औजार का प्रयोग किया जाता है ये हमारा हो गया, पुल रिंग ये हमारा होगा टूल। टूल है, जो कि आपको दिख रहा नेक्स्ट हम चलेंगे बनावट बनावट के पर के आधार आधार पर पर तीन टाइप्स की हैं। सबसे पहले सॉलिड फिर हॉलो फिर वाइब्रिकेटिव रिबिट अब हम देखेंगे सॉलिड रिविट, रिविट का क्या यूज है इसका ठोस होता है है है तथा प्रयोग समान कार्यों के लिए किया जाता है। ये सर्वाधिक सामर्थवान होती हालो मतलब खोखली रिबिट है उपयोग जूतों के तरलों के लिए छेद बनाने तथा फाइल कवर आदि में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारी है साखित बाई रिवीट। इस रिवीट का एक सिरा दो भागों में विभक्त होता है जो प्रयोग के दौरान अलग लग कर देने के बाद हो जाता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों जैसे हैंड बैग तथा अटैचों आदि इसका यूज किया जाता है ये तुम्हारी इसमें बनामर्श के आधार पर तीन टाइप है हो अब हम देखेंगे हेम त्पर्य क्या है सीट को मोड़ने के लिए हम हेम की प्रक्रिया करते हैं मतलब जो भी हैं चादरें, इनको मोड़ने के लिए जिनकी सुंदरता इनकी देखने में अच्छी लगे, इस कारण से हम हेम प्रक्रिया करते हैं अब देखिए यहाँ पे जो मेन तीन हेम प्रक्रियाएं है पहली सिंगल थीम मतलब चादर को एक तरफ पथरी ये चादर है तो सिंगल बनाए गए किनारों को दोबारा मोड़ दी जाती है जब हम इसे इसमें हेम की मोटाई अधिक बन जाने से यह अधिक मोटी हो जाती है अब हम देखेंगे वाइट एच हेम मतलब जॉब को अधिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए किनारों पर चादरों में एक साइड माइल्ड स्टील का तार लपेट दिया जाता है इससे किनारों की सुंदरता अधिक सामर्थवान हो जाती है ये तुम्हारा होगा हेम अब हम देखेंगे सीम सीम हमारे कितने तरीके के हैं लैस सीम ग्रुप सीम, सिंगल सीम डबल सीम डबल ग्रुप सीम ग्रूवर अब मैं यहां पर बारी बारी बताऊंगा लैप सीम क्या होता है ये सबसे आसान प्रकार का लैप सीम द्वारा बनाया जाता है इनके इसमें जोड़े जाने वाले किनारों को तो एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है नेक्स्ट हमारा ग्रुप सीम सिंगल सीम का प्रयोग चादरों के दोनों किनारों को इस प्रकार मोड़ा जाता है है कि आपस में फंस हमारा है। हमारा कहलाता नेक्स्ट सिंगल सीन। सिंगल सीम सीम का प्रयोग आदि की तली लगाने के लिए किया जाता है इसलिए इस जोड़ को पैन डाउन जोड़ भी कहा जाता है नेक्स्ट हमारा डबल डबल ग्रू डबल सिम यदि सिंगल सीम बने जोड़ को उर्द्वा खड़ा कर दिया जाए तो यह जोड़ डबल सीम कहलाता है डबल डबल डबल ग्रुप ग्रुप ग्रुप सीम। सीम सीम क्या है? सीम बनाने के लिए चादरों के किनारों को मोड़कर उन्हें एक अन्न मुड़ी हुई चादर में फंसाया जाता है इस जोड़ के छतों के लिए तथा पैनलिंग करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट हम देखें ग्रूअर ये कुछ ग्रूवर हैं जो कि आपके सामने बने हुए हैं अब मैं इनको बताता हूँ कि ग्रूवर टूल होते क्या हैं चादरों पे सीम बनाने के तत्पश्चात उसे ठीक से लॉक करना आवश्यक होता है अन्यथा जोड़ ढीला होकर खुल जाएगा सीम को बंद करने तथा लॉक करने के लिए ग्रूवर का उपयोग किया जाता है मेनली गोबर का उपयोग क्या होता है सीम को लॉक करने तथा बंद करने के लिए गोबर का यूज करते हैं अब देखेंगे नोचेस नोचेस हमारे स्ट्रेट नोच स्क्वायर नोट स्लैंट नोट वी नोच वायर नोच ये हमारे कुछ नोचेस हैं मतलब जब हम सीट में सीट से कोई चीज बनाते हैं तो उनके विभिन्न आकार होते हैं सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेट नोट है क्या ये चादरों के किनारों को मोड़ने से पहले जिस लाइन पर उन्हें मोड़ना होता है एक सीधी कट लगा दिया जाता है जिससे कि ये सीधी नोच कहलाती है अब देखेंगे स्क्वायर नोच किसी वर्गाकार अथवा आयताकार डिब्बा डिब्बों के किनारों को 90 डिग्री मोड़ने के लिए उसके कोनों को वर्गाकार कार नोच कहलाते हैं अब अब देखेंगे फ्लैंट नोच फ्लैंट नोच क्या की है हमारे चादर के किनारों को 45 डिग्री पर तिरछा काटकर कर यह नोच बनाई जाती है जहां पर सिंगल हेम को 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है वहां यह नोच प्रयोग में की जाती है अब हम देखेंगे वी नोच वी नोच में बैंडिंग लाइन में 45 डिग्री पर दोनों ओर काटकर कर नोच बनाई जाती है इसका उपयोग 90 डिग्री पर मुड़े हुए फ्लैंजो को मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है नेक्स्ट हमारी ये वायर नोच जो कि लास्ट है वायर नोच का उपयोग वायर युक्त एजेस को ओपर बनाने, बचाने के लिए किया जाता है वायर नोच बनाने के लिए सिरे के वायर का व्यास तीन सही ही एक बटे दो गुना छोड़कर 30 डिग्री पर कट लगाया जाता है इस प्रकार से हमारे नोचेस हो गए सीम्स हो गए और बनावट के आधार पर रिबिट्स हो गए और ये हो गए और वीटिंग टूल्स हो गए आज की तो क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है जो कि सीट मेटल से थी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो